मैं आज आपको कुछ ऐसी सोच बताने वाला हूं जो कि आपने अगर अपने अंदर से बदल ली ना तो दुनिया की कोई भी लड़की आपके प्यार में दीवानी हो जाएगी आपकी बातों में पागल हो जाएगी और ऐट लास्ट वो आपको प्रपोज़ करने पे मजबूर हो जाएगी बस आपको कुछ सोच है जो कि अपनी बदल के चलनी है और ये सोच हमने आस पास ही सीखी है सबसे पहली चीज़ कि हमेशा लड़की को अट्रैक्ट करो हमेशा लड़की के पीछे भागो हमेशा लड़की को पटाओ हमेशा लड़की को गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश करो हमेशा लड़की के लिए ये करो तुम लड़की के लिए करो तुम लड़की नहीं तुम्हें पता है लड़की कभी भी नहीं चाहती कि लड़का खुद उनके लिए वो सारी चीज़ें करे लड़कियाँ चाहती हैं कि ऐसा लड़का हो जिनके लिए वो खुद कुछ कर सकें यार कॉमन सी चीज़ है ना अगर आपको कोई चीज़ रोज़ रोज़ एक ही सब्ज़ी खिलाएगा तो आप बोर हो जाओगे लड़कियों के लिए कॉमन है कि लड़का आएगा उसको फ्लर्ट करेगा बकवास करेगा और बोलेगा विल यू बी माई गर्लफ्रेंड। लड़की मना कर देगी लड़का सरप्राइज़ देगा लड़की रिजेक्ट कर देगी लड़का तारीफ करेगा लड़की हाम करके निकल जाएगी कुछ ऐसा होना चाहिए कि सब्ज़ी में थोड़ा नया टेस्ट आए लड़की चाहती है कि कोई एक ऐसा लड़का है जो कि मजबूर कर दे उन्हें ये कहने पर कि यार तुम बातें अच्छी करते हो यार तुम इस तरीके से तारीफ करते हो ना अच्छा लगता है जब तुम ये करते हो ना तो अच्छा लगता है है ना तो ये पॉसिबल कब है जब आप कोई एक कॉमन चीज को नहीं करोगे कॉमन चीज़ क्या है लड़की के हमेशा पीछे पड़ जाना मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ट्राई नहीं करना चाहिए उसको इम्प्रेस करने के लिए बट मैं ये नहीं कह रहा कि आप इतने प्रिटेंडिंग इतने मतलब ख़ुद को इतना दिखा लो जग जाहिर कर दो कि हाँ मैं तो कोशिश कर ही रहा हूँ मैं तो तुम्हारे पीछे पड़ ही गया हूँ मैं तो तुमको तो पटाने की कोशिश करूँ मतलब ऐसा होता है ना कि एक लड़के को एक बंदी पसंद आती मैं सारा धसजक गा देता है वो बंदी पसंद आ गई वो तेरी भाभी है रेड वाली तेरी भाभी है रेड वाली अबे उल्लू मेरे भाई मेरे भाई समझो ये चीज़ को ये चीज़ बताने की नहीं होती है कभी भी कोई लड़की तुमको पसंद आए तो अपने तक सीमित रखो हमेशा फ़ायदे में रहोगे बहुत फ़ायदे में रहोगे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ठीक है तो हमेशा याद रखो कि जब कोई लड़की पसंद आए तो पीछे नहीं पढ़ना है ठीक है कैजुअली लो आराम से लेकर चलो और देखना वो खुद तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी दूसरी चीज़ जो कि आपको हमेशा करने से अपने आप को रोकना पड़ेगा कि कभी भी एक लड़की के पीछे नहीं पढ़ना चाहिए बहुत अजीब सी बात है ना अगर पढ़ना है तो हर हर लड़की के लिए अपने द्वार को खोल कर रखो इससे क्या होता है इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है ठीक है एक और चीज मैं आपको ऐड करना चाहूंगा कॉन्फिडेंस के लिए कि हमेशा जो चीज अवेलेबल हो ना उसको ग्रैब कर लो अगर आपके पास देखो एक साइकोलॉजी होती है कि अगर आपके पास बीस हजार की नौकरी है ना जब आप इंटरव्यू देने जाओगे ना पच्चीस की नौकरी का तो आपको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको पता है पांच ही तो ज़्यादा है यार नहीं हुआ तो क्या ही फर्क पड़ेगा बीस की नौकरी तो पहले से ही है लेकिन अगर आप बैठे हो आप कुछ कर ही नहीं रहे हो उधार पे सारी चीजें चल रही तब अगर 20000 की भी नौकरी लेने जाओगे 15 की भी लेने जाओगे ना कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा डर रहेगा दुख दुख होगी कि यार नहीं मिली तो क्या होगा इसलिए हमेशा जो चीज है उसको रख लो और उसके बाद नई चीज के लिए ट्राई करो जैसे भी गर्लफ्रेंड है आपके आ, आ, कह सकते हो कि आपके उससे जो आपका मेजर है उस पर मैच नहीं कर रही जो आपकी एक्सपेक्टेशन को मैच नहीं कर रही कोई फर्क नहीं पड़ता लड़की ब्यूटीफुल नहीं है वो तो वैसे भी फर्क नहीं पड़ता लड़की की हाइट छोटी है लड़की दिखने में अच्छी नहीं है लड़की बात भी अच्छी नहीं करती लड़की ऐसी नहीं बाड़ में जाए वो सारी चीजें अभी फिलहाल उसके साथ आपको यू नो कमिटमेंट रखनी चाहिए आईफोन से कि आपको उसको यूज करना चाहिए आईफोन से कि आप उसको उसके साथ कोई मतलब बुराई कर रहे हो या कुछ गलत कर नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए बट देन ठीक है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और हो सकता है गॉड नोस कि उसके साथ ही पूरी लाइफ तुम्हारी निकल जाओ वो इतनी अच्छी साबित हो जाए ठीक है और अगर अच्छी साबित नहीं होनी होगी तो वो लड़की भी नहीं होगी जिसके लिए आपके पास तमाम एक्सपेक्टेशंस होंगी जिसके पीछे आप पड़े हो गेटिंग माय पॉइंट डोंट टेक रिलेशनशिप्स टू सीरियस ये नहीं है भैया रिलेशनशिप रिलेशनशिप होता है शादी शादी होती है क्यों रिलेशनशिप को शादी और शादी को रिलेशनशिप बनाने चले हो हम जैसे ही लड़के होते हैं जो कि रिलेशनशिप को शादी बना देते हैं शादी करूँगा बच्चे करूँगा तुमने रिप्लाई क्यों नहीं किया सीन करके क्यों छोड़ छोड़ दिया क्यों कर रही हो इससे बात क्यों कर अबे ऐसी तैसी करवाए ना भाई गर्लफ्रेंड है ना कर रही है कर रही है पहाड़ में जाए भाई साहब ठीक है यार ऐसे लेके चलो समझो मेरे भाई मुश्किल होती लेकिन थोड़ा, थोड़ा सा ना थोड़ा सा सीरियसनेस कम करो कोई नहीं सिखाएगा भाई सिखा रहा है क्योंकि इसी में ही फ़ायदा है क्योंकि लड़कियाँ सीख चुकी हैं और हमारा इसीलिए करता है क्योंकि हम कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस पाल लेते हैं और हमेशा शादी को रिलेशनशिप बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए हम जैसे फिर शादी को रिलेशनशिप बनाएंगे शादी की बात फ्लोट कर रहे हैं बाकी भाभीियों पर कहीं और मुँह मार रहे हैं तो ये चीज़ हमारी हो चुकी है और इस चीज़ से हमको बचना पड़ेगा आई होप तुम्हारे मन में चीजें बैठी होंगी और कुछ समझ में आएगा अगर आया है ना वीडियो को लाइक करके जाना ऐसे मुंह उठाके मत चल देना पीछे के रास्ते से वीडियो को लाइक कर देना और हाँ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा धन्यवाद